पीता है महेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश माता है गोरा पीता है महेश तेरी जय हो गणेश स्वाता गौरा पिता है महेश जय भोगेश तेरी जय हो भोगणेश चम चम चमके हे गण राजा चम चम चमके जैसे गगन में जैसे गगन में चमके दिने जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश माता है गौरव पिता है महेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश गौरव तेरी जय हो गणेश माता भी किता है, है महेश जय भोग गणेश तेरी जय भोग विघ्न ही स्वामी काटो कले जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश माता है गौरा पिता है महेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश माता है गणेश तेरी जय हो गणेश माता भी गौरा पिता है महेश जय हो गणेश तेरी जय हो